शुगर जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डायबिटीज, मलाइटिस भी बोल देते हैं इसके इतनी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती जा रही है ऊपर से जिनको ये बीमारी हो रखी है उनको लगता है कि उनका इलाज अब पॉसिबल ही नहीं है वो ठीक ही नहीं हो सकते अब ये बीमारी ला इलाज बन चुकी है तो मैं हूं डॉक्टर मनदीप इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंस बेस्ड और सर्च बेस्ड ही होती है और अथेंटिक बुक से ली गई है आज हम बात करेंगे कि कैसे मैं आपको दिखाऊंगा जितने भी शुगर के जो मरीज हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते हैं उनको शुगर पंद्रह साल पुरानी हो चुकी है जहाँ जिनको शुगर के लक्षण शुरू हो रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अब तो उनको मेडिसिन खानी पड़ेगी अब उनका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं बचा है ये वीडियो उनके लिए है और मैं आपको समझाऊंगा साइंस को बिल्कुल हिंदी सिंपल लैंग्वेज में कि कैसे आप शुगर को ठीक कर सकते हो चाहे कितनी मर्जी पुरानी हो और ये आपको ही पता है पर आप आज तक इस चीज़ पर कभी गए नहीं तो शुगर है डायबिटीज़ है वो इंसुलीन की कमी की वजह से हमेशा होती है ये आप सभी को पता है ये मुझे भी जानकारी है कि जितनों को शुगर रहती है उनको पता होता है कि इंसुलिन उनके अंदर कम हो गया है या इंसुलिन तो पूरा है पर वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा है ठीक है तो इंसुलिन है ये शरीर का एक हिस्सा होता है जो पेट के अंदर फिट होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास ये पेनक्रियास जो शरीर का हिस्सा है ये इंसुलिन को छोड़ता है जो शुगर को कंट्रोल करता है अब मैं क्यों बोल रहा है मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है कि चाहे शुगर का कोई भी मर्जी कितना मर्जी पुराना पेशेंट हो वो भी शुगर के अंदर आराम कर सकता है अपने आप को शुगर को ठीक कर सकता है क्योंकि जो आप इंग्लिश मेडिसन ले रहे हो शुगर को ठीक करने के लिए जो आपको लगाई जाती है कि इंसुलिन आपके अंदर कम हो गया है वो दवाई है चाहे आप कोई भी इंग्लिश की दवाई ले रहे हो शुगर को कंट्रोल करने वाली उम्र आपकी कितनी मर्जी होगी है तो आपको ये आज तक नहीं बताया गया है डॉक्टर ने कि ये गोली शुगर को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है जो आप दवाई लेते हो ये दवाई जाती है पेनक्रियाज़ के पास जो आपके शरीर के अंदर ही हिस्सा फिट है ये पेनक्रियाज़ के गले के ऊपर अंगूठा रखकर उससे ज़्यादा इंसुलिन छुड़वाती है जो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर से ही ये दवाई काम करवा रही है ये खुद कुछ नहीं कर रही है ये गोली है पेनक्रियाज़ के पास जाती है आपके बॉडी के हिस्से के ऊपर उसको क्योंकि पेनक्रियाज है कभी कभी इंसुलिन कम छोड़ने लग जाता है जिसकी वजह से शुगर हो जाती है ये सौ परसेंट काम करता था अब है ये 20 परसेंट काम करने लग गया है क्योंकि ये अब पहले अगर 100 एम ये मान के चले एग्जाम्पल दूँ इंसुलिन छोड़ता था हर रोज आज ये 20 एम छोड़ रहा है तो ये गोली कुछ नहीं कर रही है ये गोली यहाँ पे जाएगी पेनक्रियाज के पास इससे ज्यादा काम करवाएगी कि भाई तुम 20 एम एल क्यों छोड़ रहा है इसको ये ज़्यादा डंडे से काम करवाएगी तो 100 एम छोड़ इंसुलिन तो जो आगे चलकर आपकी शुगर को कंट्रोल करता है तो मैं सोचता हूँ इस एग्जाम्पल को देखकर आप समझ गए हो कि आपके शरीर के अंदर ही वो चीज़ पड़ी है जिसने शुगर को कंट्रोल करना है जो गोली खा रहे हो वो कुछ नहीं कर रही आपके अंदर वो सीधा पेनक्रियाज को पकड़ लिया है इसका गला पकड़ लिया कि तू इंसुलन ज़्यादा छोड़ इसीलिए क्या होता है कि एक दिन ये इसका इतना गला दबा देती है इससे इतना काम करवा लेती है ये इंसुलिन बनाना बंद कर देता है पेनिक्रियास उसके बाद आपको क्या होता है इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं तो इसीलिए जो लोग अभी टेबलेट खा रहे हैं चाहे वो 20 साल होते हुए हो गए उनको खाते हुए टेबलेट उनको जानकर ये बहुत राहत मिली होगी कि उनके शरीर के अंदर ही है ये सारी चीज़ जो शुगर को कंट्रोल कर रही है मेडिसिन तो उसको धक्के से काम करवा रही है तो इसको आप खुद से ठीक कर सकते हो इसलिए निराश ना हो आपके पास ठीक करने के आपके शरीर के अंदर ही पावर पड़ी है जो मेडिसिन कर रही है वो अपने आप खुद भी कर सकते हो अपनी आप को जानकर आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं हम ठीक क्या डाइट में ऐसे करें कि क्या हम ऐसा करें योगा करें एक्सरसाइज करें कि पेनक्रियाज जो जे गोली काम करवा रही है पेनक्रियाज से कि भाई तू इंसुलिन छोड़ जो आगे चलकर शुगर को कंट्रोल करता है तो आप भी पेनक्रियाज को छोड़ा सकते हो उसमें क्या दिक्कत है कि पेनक्रियाज आप नॉर्मली इंसुलिन छोड़ने लग जाए पहले की तरह जो गोली काम कर रही है गोली कोई बाहर से तो इंसुलिन उसके अंदर डाला नहीं गया जाता है किसी भी गोली के अंदर जो आपको शुरुआती दौर पे लगती है जो आप खाते हो उसके अंदर इंसुलिन नहीं होता है ये आपको समझना चाहिए उसके अंदर कोई भी इंसुलिन नहीं होता है उसके अंदर केमिकल होता है जो पेनक्रिया से इंसुलिन छोड़वाता है अगर आप सोचो कि गोली के अंदर इंसुलिन डाला हुआ है नहीं डाला हुआ है जो आपको गोली शुरू होती है वो यही काम करती है ये आपको समझ लेना चाहिए इसी समझने की ना वजह से शुगर आज तक किसी को ठीक नहीं हुआ है वो जो दवाई ले रहा है उसको लगता है अब तो ठीक ही नहीं होगा तो आपके शरीर के अंदर ही चीज पड़ी है उसको ठीक करना है गोली भी वही काम कर रही है जो आप खुद कर सकते हो तो खुद करना सीखिए तो अब हम बात करते हैं कि शुगर के अंदर कौन सी कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको कंट्रोल कर कर आप शुगर के अंदर आराम पा सकते हो तो जैसे किसी का अगर लीवर फैटी है या लीवर का साइज बढ़ा हुआ है जहाँ उसको हेपेटाइटिस है जहाँ लीवर के अंदर सिस्ट है ठीक है उसका अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए उसको क्योंकि अगर लिवर के अंदर ऐसी कोई बीमारी होगी तो शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट है शुगर को कंट्रोल है वो लिवर भी करता है तो अगर ये बीमार है तो आपको इसको ठीक करना चाहिए अब यहाँ पे इसके लिए कोई होम्योपैथिक चैलीडोनियम कार्डस पचास पचास बूंद नहीं लेना है दिन में आपको पता होना चाहिए जो इथाइलकोल है जो होम्योपैथी की जो बूंद वाली दवाई है होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है पर जो लिक्विड है जिसके अंदर होम्योपैथी की दवाई डालकर तैयार की जाती है वो बहुत नुकसानदायक है तो एक बार तो आराम मिलेगा तो उसके बाद आपको साइड इफ़ेक्ट ऐसे शुरू हो गए लेवर भी आपका डैमेज हो जाएगा बिल्कुल शुगर तो आपकी परमानेंटली गड़बड़ हो जाएगी तो इसलिए इतनी भारी मात्राएं बूंद वाली दवाई कभी भी किसी बीमारी के लिए नहीं लेनी चाहिए इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई होम्योपैथी तो नहीं मेडिसिन खा के आए शुगर हो रखी है वो इसलिए बोलते हैं कि होम्योपैथी का मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है पर आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि दस दस दवाइयाँ लोग खाते हैं पचास पचास बूंद एक कप पानी में डालकर ऐसा नहीं करना है शराब भी बंद रखनी है कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा रहता है खून जिनका गाढ़ा हो गया जिनके ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल बड़े रहते हैं उनके अंदर भी शुगर बड़ी रहती है अगर कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल को कम कर लेते हैं उनकी शुगर है दस से 25 परसेंट तक कम आ जाएगी अपने आप ही, ही। 10 से 25 परसेंट तक फर्क पाया जाएगा अगर वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल कर लेते हैं पर इनको खून पतला करने वाली दवाई लेकर नॉर्मल नहीं करना है कोलेस्ट्रॉल आपको पता होना चाहिए चीनी खाने से बढ़ता है मीठे जो ज़्यादा फल है वो खाने से बढ़ता है फ्रक्टो ज़्यादा खाने से बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो कारण है बीमारी उसका इलाज करना है इसके लिए भी होम्योपैथी अंग्रेजी या आयुर्वेदिक सीधा मेडिसन नहीं खाने लग जाना है जो खून गाड़े को पतला करती हो है। आपका ई एस आर बढ़ा रहा है काफी समय से। तो उस ESR का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए एंटीबायोटिक से नहीं कुदरती इलाज लेना चाहिए। ESR का भी सीधा ट्रीटमेंट नहीं ई के पीछे 15 से 30 तक बीमारियां जो ई को बढ़ाती हैं इससे भी ज्यादा है पचास तक बीमारियां जो ई एस इन्फेक्शन करती हैं बॉडी में उन बीमारियों का इलाज कर लेना चाहिए तो आपको कम से कम 5 से 10 परसेंट इससे मिल जाएगा क्योंकि अगर इन्फेक्शन खून में रहेगी तो इंसुलिन है शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन है पेनक्रियाज़ को डैमेज करती है जिस बंदे ने इंसुलिन बनाना है उसको ये बिल्कुल ख़राब कर देती है एंटीबायोटिक्स जो लोग ज़्यादा खात लेते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर पे हैं पेनक्रियाज डैमेज करते हैं अब तो आपको ही पता लग गया होगा एंटीबायोटिक के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं इतनी रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं न्यूज़पेपर में भी कईयों को खाने के नहीं पता है अब सारे लोग क्या सोचते हैं कि मीठा जो हमें लगता है वो ही शुगर बढ़ाता है ऐसा नहीं है शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है एक केमिकल होता है जिन खानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट नाम का केमिकल होगा हो वो चाहे मीठे ना हो वो चाहे करेले जैसे कड़वे ही हों तो उनकी जो शुगर बनेगी वो डायरेक्ट एक दो चम्मच खाने से भी ज़्यादा बनेगी जैसे कि आलू अगर किसी ने खा लिया मीडियम साइज़ इसका मतलब उसने दो चम्मच चीनी सीधा खा गया वो चाहे आलू मीठा ना हो क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ऐसे ही चावल है चावल के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है ऐसे ही फ्रक्टोस है फ्रक्टोस किन के अंदर मिलती है फ्रक्टोस जो ज़्यादा मीठे फल हैं आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी वराइटी अब फलों की आ गई है जो पहले से ज़्यादा मीठा बनाई गई है जेनेटिक इंजीनियर की वजह से वो कुदरती तौर पर मीठी नहीं थी जैसे हनी सकल एप्पल है एक वो उसको जेनेटिक इंजीनियर से इतना मीठा बना दिया गया है कि नॉर्मल से तो बहुत ऊपर चला गया अगर कोई सोच रहा है कि मैं फल खाने डायबिटीज के लिए अच्छे होते हैं बहुत गलती कर रहा है वो अगर वो ऐसा सेब खा रहा है जो जैनटिक इंजीनियर है पहले से भी ज़्यादा मीठा उसको बनाया गया है जानबूझ ताकि लोगों को ज़्यादा टेस्टी लगे तो भाई उसकी शुगर कभी भी ठीक ना होने वाली नहीं है ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए अगर आपको भी शुगर है आपको समझ रहे हो समझ चुके वो मेडिसिन जो शुगर की खा रहे हैं इसका मतलब उनके शरीर के अंदर अभी पावर बची है बैकअप के लिए दोबारा राइज़अप करने के लिए शुगर को ठीक करने के लिए शरीर के अंदर अभी पावर बची है क्योंकि ये शुगर वाली जो आप गोली खाते हो ये भी तभी काम करती है अगर शरीर के अंदर इंसुलिन खुद बनाने की पावर हो तो आपको अगर ऐसी साइंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड वीडियोस अच्छी लगती हैं या ऐसा कोई और आपके पास पेशेंट है और भी मेरी साइंस बेस्ड वीडियोज़ हैं गठिया के ऊपर जोड़ों के ऊपर मैन हेल्थ फीमेल हेल्थ थायरॉयड के ऊपर अबेस्टी के ऊपर वो भी कैंसर के ऊपर आप देख सकते हो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको कोई शुगर है उसको चाहे अल्सर हो गए हैं चाहे उसका शुगर बढ़ता जा रहा है चाहे रीनल फेलर है डायलिसिस है चाहे कोई भी पेशेंट है आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं मेरी सलाह ले सकते हैं कभी भी तो चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें साथ में जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाएं क्योंकि वो नहीं दबाओगे तो मेरी हर रोज नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी